हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ भूपेंद्र आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिएटिव भूपेंद्र दोस्तों जहां पर शॉपिंग की बात आती है वहां पर सबसे पहले हम ऑफलाइन शॉपिंग की जगह ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें बहुत सारे ऑफर्स भी मिल जाते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रोसरीज की बात नहीं कर रहा यहाँ पर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो सिर्फ थर्टी मिनट में आपके घर पर डिलीवर हो जाती हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या कैटेगरीज़ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दावा करता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आपको सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर कर दिए जाएंगे और साथ में आपको फ्री डिलीवरी भी दी जाएगी तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या कैटेगरीज आती हैं इसमें तो सबसे पहले तो आपको फ्लिपकार्ट में राइट साइड की ओर नीचे की ओर आपको एक क्यूब का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का ठीक है जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन हेडिंग में दिया हुआ है वन स्टॉप शॉप फास्ट थर्टी मिनट फ्री डिलीवरी ठीक है तो यहां पर एक दो नहीं बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो यहाँ पर हेडफोन स्पीकर कैटेगरी में आपको बहुत सारे और सब कैटेगरीज़ मिल जाती हैं जैसे कि वायर हेडफोन हेडफोन्स ब्लूटूथ तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ही डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर Realme, Boat और बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उसके भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं हेडफोन्स एंड स्पीकर मोबाइल एक्सेसरीज़ कंप्यूटर एक्सेसरीज़ ठीक है स्मार्टफोन घर मंगाना चाहते हैं विथ इन ए थर्टी टू फोटी मिनट्स तब आपको यहाँ पर मोबाइल की कैटेगरी भी मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर भी आप मेन हेडिंग देख सकते हैं बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन डिलीवर्ड इन 45 टू 60 मिनट तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू ऑल पर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग नेम मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको आईफोन का भी ऑप्शन मिल जाता है पोको रियल मी ठीक है विथ इन ए टू सिक्सटी मिनट यानी पैंतालीस से साठ मिनट के अंदर अंदर आप इन स्मार्टफोन को अपने घर पर डिलीवर करा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।